काफ़ी दिनों बाद मैं ये एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ बीच में कुछ घरेलू काम की वजह से मैं व्यस्त थी और कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई सॉरी फॉर दैट लेकिन आज मैं आपके बीच में सूर्य बृहस्पति जो सॉरी जो जुपिटर है वो दूसरे घर में हमें क्या फल देता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आप मेरे पहले घर में जो बृहस्पति के बारे में मैंने बताया है उसको पिछले वीडियो में जाकर आप देखें और आपका प्यार आपकी लाइकिंग आपके सब्सक्राइब रियली मुझे मनोबल दे रहे हैं कि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे को बहुत छोटे से टाइम में और बहुत जल्दी आपने मुझे मेरे सारे वीडियो को लाइक किया है और, और बनाने के लिए प्रेरित किया है थैंक यू ऑल ऑफ यू तो आज हम दूसरे घर में जुपिटर को जगत गुरु कहा कहकर पुकारा जाता है यानी सबको तारने वाला गुरु जो दूसरों को शिक्षा देकर उनकी सभी प्रॉब्लम को हल कर सकता है अब आपको सबको पता है कि सेकंड जो हाउस होता है वो हमारा कुटुंब के नाम से जाना जाता है यानी जब जातक पैदा होता है तो उसका जो सेकंड हाउस होता है ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है और इधर लिख रखा है सेकेंड हाउस तो अगर यहाँ जुपिटर आपकी कुंडली में बैठा है तो ऐसा जातक जो होता है वो ऐसी उसके पास नॉलेज होती है कि दूसरों की प्रॉब्लम को हल कर सकता है अगर ये फीमेल के कुंडली में है तो ये उसके ससुराल का घर भी माना गया है यहाँ जुपिटर शिक्षा तथा इंटेलिजेंसी का फैक्टर बन जाता है आ, कोई भी व्यक्ति का जीवन सुखी होगा अगर यहाँ जुपिटर बैठा हुआ होगा क्योंकि वैसे तो ये शुक्र का घर है लेकिन जुपिटर का ये पक्का घर माना गया है यहाँ बृहस्पति जो है एजुकेशन और इंटेलिजेंसी का सिग्निफिकेटर बन जाता है और अगर यहाँ जुपिटर बैठ गया है तो समझो कि उस नेटिव का जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छा जाएगा और उसके पास पैसे की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आना जाना लगा रहेगा और अगर यहाँ पर बैठा हुआ जो जुपिटर है जिसकी कुंडली में अगर वो सूरज यानी सन से रिलेटेड काम करेगा जैसे गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम होगी या समझो गेहूं से रिलेटेड कोई काम है चाहे वो गेहूं पैदा करने हैं गेहूँ से कोई आटा बनाना है गेहूँ से ब्रेड बनाना है जैसे ब्रिटेनिया ग्रुप वाले हैं और तो अगर वो करेगा सुने से संबंधित काम तो मिट्टी का फल देंगे यानी उसको कोई फा, अच्छा फल नहीं मिलेगा लेकिन मिट्टी से रिलेटेड अगर वो काम करेगा क्योंकि ये शुक्र का पक्का घर है इसलिए अगर वो एग्रीकल्चर का, का काम करेगा बने बनाए कपड़ों का काम का करेगा रेडीमेड कपड़ों का काम का करेगा तो उसको बहुत बेनिफिट होगा मतलब बहुत ज़्यादा जैसे जैदाद खुद बनाएगा जदी ज़्यादा खुद बनाएगा अपने लाइफ में वो तो बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में होने के समय यदि वो हमारे जो ईयरली कुंडली हम बनाते हैं अगर बृहस्पति दूसरे घर में हैं और ईयरली कुंडली में शनि भी अगर इस इनके साथ जुपिटर के साथ यहाँ पर दूसरे घर में आ जाए तो फिर आपकी हेल्थ पर जो है बुरा असर डालेगा और आपकी जो इन लॉज़ की घर में है वो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी यदि शुक्र आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंदा हो और शनि जो है दसवें हो यानी देखो दसवां घर ये है और अगर आपकी शुक्र कहीं पर भी कमज़ोर पड़ रहा है अब शुक्र के वो कमज़ोर हाउस माने जाते हैं जो शुक्र के अपोजिट यानी जो शुक्र जिनको लाइक नहीं करता उनके घर में अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र मंदा हो गया और शुक्र मंदा हो गया उससे आपकी स्किन पर आपको असर नज़र आएगा आपके कपड़े अचानक फटने लगेंगे आपके मतलब जो मतलब जो स्किन है उस पर रेसिस आने लगेंगे फोड़े फूंसी आने लगेंगे ये सारी निशानी है कि आपका शुक्र जो है मंदा है और शुक्र आपका स्पाउज uh, भी होता है तो उसके साथ अगर रिलेशन खराब होने लगे हैं तो भी आपका शुक्र जो है मंदा है अगर शनि जो है दसवें घर में है इससे उस जो नेटिव की स्पाउज uh, होगा उसके लिए अशुभ फल देगा यदि आपका मरकरी आठवें घर में है और शनि दसवें घर में यानी आपका मरकरी जो है आठवें घर में आ गया ये आपका आठवां घर आप सब जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये आठवें घर में आपका अगर मरकरी आ गया है और यहाँ पर दसवें घर में जो है आपका आठवें घर में मरकरी आने के बाद अगर दसवें घर में शनि हो तो ये धन जो आपकी वेल्थ का लॉस कराने का सिग्निफिकेट बन जाएगा और साथ ही घर के जो एल्डर बुज़ुर्ग हैं वो भी थोड़े यहाँ पर ये जब कम्बिनेशन बनता है तो ये समझ लीजिए अगर ये निशानी आ रही है कि आपके घर के बुज़ुर्ग दुखियाँ हैं तो समझो कि आपका बुध आठवें का वैसे भी अच्छा नहीं होता और शनि अगर दस में बैठा है और बुध अगर आठवें में बैठा है तो ये सिग्निफिकेटर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके घर यदि दूसरे और आठवें घर में अशुभ ग्रह हों तो ऐसा जो कुंडली वाला व्यक्ति है उसके मेहमान बनकर भी जाएँ तो उस घर का नुकसान होगा ऐसे नेटिव के जन्म से पिता की उम्र और दौलत बढ़ेगी यानी जिसके घर में ऐसे नेटिव के जन्म से ही पिता की उम्र और दौलत बढ़ेगी सत्ताईसवें साल में यानी सेकंड जुपिटर की हम बात कर रहे हैं अगर सेकंड में जुपिटर है उस कंडीशन में मैं बात कर रही हूँ कि अगर सत्ताईसवें साल में आपको गवर्नमेंट की तरफ से या अपने किसी भी जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर प्रमोशन और तरक्की यानी अच्छा हो रहा है तो वो सत्ताईसवें साल में आपको असर देगा यदि सेकंड हाउस में जुपिटर कोई अशुभ असर न पढ़ रहा हो आपको ये पता लग जाएगा क्योंकि लाल किताब में एक बहुत अच्छी बात है कि सिम्टम्स हमें बता देते हैं कि कौन सा प्लैनेट हमें अच्छा असर दे रहा है और कौन सा प्लैनेट हमें अच्छा असर नहीं दे रहा अगर अशुभ असर आ, यानी मेलाफिक असर अगर आपको जुपिटर सेकंड हाउस में दे रहा है तो उसकी एक निशानी होगी कि पिता की जायदाद होगी वरना ऐसा ज़्यादा खुद जायदाद बनाएगा तो आ, उसका अशुभ असर नहीं पड़ रहा है यदि केतु आपके नोवें घर में बैठा है तो ये जो नवा घर है आपका जो नाइन्थ हाउस है अगर उसमें केतु बैठा है ये नाइन्थ हाउस में अगर केतु अगर आपका आ गया है केतु अगर यहाँ बैठा है तो ये समझिए आप कि आप में एक डोमिनेटिंग करने की एक नेचर डिवलप हो जाएगी और जीवन की हर मंजिल पर आप सक्सेस को ही पाएंगे केतु जब आपका यहाँ होता है और जुपिटर अगर दूसरे में होता है तो आप ये समझिए कि आपको केतु यहाँ अच्छा असर दे रहा है केतु के जो कारक होते हैं वो आपका पुत्र होता है आपका घर में साला होता है केतु आपके घर का पेट होता है यानी डोग के रूप में यदि केतु छठे भाव में हो यानी यहाँ पर ना होकर केतु आपका छठे घर में बैठा है यहाँ पर आपका केतु बैठा छठे घर छठा तो घर शड रिपू का माना गया है लेकिन जब केतु यहां पर बैठ जाता है जब जुपिटर दसवें में तो क्योंकि दूसरा घर छठे को देखता है तो उसे अपनी मौत का पहले से इंटी मतलब अपनी मौत मो, मौत का पहले से ही उसको पता चल जाएगा ऐसा जातक जिसका छठे में केतु बैठा हो दूसरे में जुपिटर बैठा हो ऐसे जातक को ऐसे नेटिव को ऐसे कुंडली वाले को अपनी मौत का पहले से ही आभास हो जाता है जब आपका हाउस नंबर दो छः और आठ शुभ हो, अच्छे हों या आठ और दस घर में कोई भी ऐसा प्लेनेट ना बैठा हो जो आपके कुंडली को मंदा असर दे रहा है और बारवा घर भी अगर मंदा ना हो तो ऐसी व्यक्ति की ऐसी लॉटरी लगेगी कि कोई हिडन और कोई अचानक सडनली बहुत सारी दौलत उसको मिलने की संभावना बन जाती है जुपिटर अगर दूसरे घर में है क्योंकि आज हमारी चर्चा जुपिटर सेकेंड हाउस के लिए ही है तो अगर जुपिटर सेकंड घर में है होने के साथ यदि शनि शनि की कंडीशन हमें देखनी है अगर शनि भी दूसरे घर में बैठा है या शनि की कहीं दृष्टि संबंध उसके साथ बन रहा है तो ऐसे जातक को अपनी पढ़ाई से बहुत बेनिफिट मिलेगा और दूसरे घर में अगर जुपिटर है तो उसकी जो वाइफ होगी वो देखने में बेहद खूबसूरत होगी अगर सेकंड में जुपिटर है सेकंड में अगर आपका जुपिटर बैठा है और अगर दसवें घर में सूर्य हो यहाँ पर टेंथ हाउस में अगर आपका सन है सन अगर टेंथ हाउस में है और सेकंड घर में आपका जुपिटर है तो इस कंडीशन में आपको बहुत फेम मिलेगा बहुत जो है आपकी सोसाइटी में एक रेपुटेशन होगी आपको लोग मानेंगे यदि अब ये कंडीशन एक होगी सन जो है टेंथ में है जुपिटर सेकंड में है तो आपको फेम मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अगर आठवें घर में चंद्रमंगल दोनों एक साथ हों ये जो मैं सारे आपको कंडीशन बता रही हूँ वो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं तभी आपको प्रिडिक्शन करनी अपनी कुंडली की सही आएगी अगर उसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट, में, आपना कमेंट आ, में अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो मैं आपको वो हल करके दूंगी आ, और अगर आठवें में जैसा कि मैंने कहा कि चंद्र मून और मार्स दोनों एक साथ हों और सेकंड में जुपिटर हो तो ऐसा नेटिव अपने ही कुल को अपने ही परिवार को तबाह करने वाला होगा अगर मरकरी आठ में है और शनि में है, तो ऐसे इंसान को के जो बूढ़े बड़े होंगे बुजुर्ग बुजु जो घर में होंगे वो थोड़े से दुखी होंगे चाहे वो हेल्थ वाइज हों वेल्थ वाइज हों परिवार वाइज हों और खुद जातक के पास भी धन की हानि होगी अगर जुपिटर दो में बैठा है और आठवें घर में मरकरी है तो आप देखेंगे कि आपके घर में बहन यानी सिस्टर भूआ और बेटी पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा कुछ सीमा तक आपके जो मामा के घर हैं उनके ऊपर भी इसका असर जाएगा ये कुछ रूल हैं कुछ सिग्निफिकेटर हैं जिससे हम आप जान सकते हैं कि हमारा आठवें घर में मरकरी है दूसरे घर में जुपिटर है तो वो हमको क्या असर दे रहा है ये आ, हमें इन निशानियों से जानकारी मिलती है अब ऐसे ही अगर दूसरे घर में जैसे पहले घर में मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर दो ग्रह हों तो क्या असर होगा ऐसे ही दूसरे घर में भी हमारे जब दो ग्रह एक साथ बैठे हों यानी सेकंड हाउस है और सेकंड हाउस में अगर हमारे यहाँ जुपिटर के साथ एक और ग्रह बैठा है तो क्या होगा अगर जुपिटर के साथ यहाँ सूर्य बैठा है सन बैठा है तो दूसरे घर में इन दोनों ग्रहों के होने पर उस व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा उसके बहुत अच्छे मकान बनेंगे ये निशानी होगी कि उसके पास अपने हाउस होंगे होंगे वो बहुत बोल्ड इंसान होगा और वो उसके अंदर थोड़ी सी किसी प्रकार का एक थोड़ा सा उस वो बहुत कम दया खाएगा दूसरों के ऊपर यानी उसको बहुत ज्यादा पिटी नहीं मरसी नहीं होगा वो किसी के तो ऊपर अगर जुपिटर और सूर्य दोनों इसमें बैठे हैं तो ये उसकी एक निशानियां बन जाएंगी कि तो उस इंसान का नेचर ऐसा बन जाएगा अगर दूसरे घर में आपके इधर जुपिटर के साथ मून बैठा है यानी जुपिटर और मून आपके सेकंड घर में हैं तो उस अवस्था में दूसरे घर में इन दो, दोनों प्लानट के होने से उत्तम फल ही मिलेगा मगर अगर यहाँ जुपिटर और मून है और उसके साथ में मरकरी और राहू भी का साथ हो या कहीं से भी दृष्टि बृहस्पति चंद्र के ऊपर इनके पे पड़ रही हो तो बृहस्पति यानी खासकर जुपिटर का जो है फल बहुत हद तक नष्ट हो जाता है ऐसी हालत में जो आपकी साली होती है यानी सिस्टर लॉ होती है उसका आपके घर में रहना या ज़्यादा संबंध बना रहना आपके ऊपर असुबस आ, बहुत मैलफिक असर देगा अशुभ देगा और उससे आपको उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा जो जुपिटर सेकंड में मिलता है ऐसी हालत में आप अपनी जो सिस्टम लॉ है उससे थोड़ा सा दूर रहें अदरवाइज आपकी जो है यहाँ पर बैठे हुए बुद्ध जो है आपकी बहन बुआ के लिए अच्छा फल नहीं दे पाएगा राहु आपके साले के साथ आपका सा रिश्ता बिगाड़ देगा आपके ससुराल के साथ आपका रिश्ता बिगाड़ देगा आपके इन लॉज के साथ तकलीफ खड़ा करेगा और बृहस्पति जुपिटर और मून अगर आपके सेकंड हाउस में है और बुध अगर आपके छठे में हो तो व्यक्ति की जो आई साइड पे बुरा असर पड़ेगा यानी यहाँ मरकरी बैठा है और यहाँ पर जो है जुपिटर और मून बैठा है तो आपकी जो है आई साइड पर असर जो अच्छा नहीं पड़ेगा और शनि की चीज़ें जो शनि से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे लोहे की मशीन है पक्का लोहा लोहा आपका आपका जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उस पर भी इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा ऐसी व्यक्ति के जो ओल्ड एज होती है उसका अच्छा हाल नहीं रहता अगर जुपिटर और मून यहाँ बैठा है और मरकरी यहाँ बैठा है तो ये कंडीशन है कि आपकी हेल्थ और आपकी इकोनॉमिकल जो उसके ऊपर बुरा बार प्रभाव पड़ेगा अब आगे देखें तो अगर जुपिटर के साथ जुपिटर के साथ यहाँ वीनस बैठा है सेकेंड घर में जुपिटर के साथ आपका वीनस बैठा है शुक्र बैठा है तो सोने का काम करेंगे तो वह काम मिट्टी का काम का फल दे देगा अगर यहाँ बैठे जुपिटर के साथ आपका वीनस बैठा है और आप सोने का काम कर रहे हैं तो आपको मिट्टी का फल देगा लेकिन जुपिटर संबंधित अगर कोई काम करेंगे तो उसका फल अशुभ ही रहेगा लेकिन मिट्टी के काम सोने का काम ना करें जुपिटर से संबंधित नॉलेज देने का काम ना करें पढ़ाने का काम ना करें टीचिंग का काम ना करें मेंटोर का काम ना करें लेकिन एग्रीकल्चर का काम का करें और आपके रेडीमेड कपड़ों का काम करें जो शुक्र से संबंधित काम हैं फूलों का काम करें डेकोरेशन का काम करें फ्रेगनेंस का काम करें का तो वो बहुत अच्छा आपको फल देगा यानी उसको बहुत अच्छा सब पैसे की बरकत रहेगी इन दोनों प्लेनेट के यदि राहु की अशुभ दृष्टि इस पर पड़ जाए या किसी तरीके से संबंध बन जाए तो उसकी खासकर उसकी अपनी खुद के बच्चों के ऊपर जो है असर आएगा वो जो कि अच्छा नहीं आएगा उनकी लाइफ में अड़चन आएगी अब आगे चलते हैं अगर सेकंड हाउस में यहाँ पर जुपिटर के साथ आपका मार्स बैठा है मंगल बैठा है घर में जुपिटर के साथ आपका मंगल बैठा तो ऐसे इंसान को अपनी फैमिली का बहुत सुख प्राप्त होगा खासकर अपनी मैरिज लाइफ का और उसकी जो ससुराल के साथ भी बहुत अच्छी बनेगी उससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी अगर मार्स यहाँ पर बैठा है तो और साथ ही जो उसके जो और ज़्यादा जो समाज के सोसाइटी के लोग होंगे उसकी एक आवाज़ पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे लेकिन अगर ऐसी हालात में बुध छठे घर में आ जाए तो आदमी अपने मेंटल पावर से मेंटल एबिलिटी से बहुत ज़्यादा धन कमाएगा और अगर केतु बुद्ध की दृष्टि पड़ती हो मंगल आपका बद हो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि आपका मंगल बद कब होता है प्लीज उस वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको पता लगे कि बैड मार्स कब होता है तो फिर बैठे यहाँ पर जुपिटर और मार्स दोनों प्लेनेट का असर नष्ट हो जाएगा और बुरा असर पड़ेगा अब आगे चलते हैं कि अगर सेकेंड हाउस में जुपिटर के साथ मरकरी बैठा है यहाँ दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रह्म ज्ञानी बना देता है यानी सुपर इंटेलिजेंसी बना देता है उसकी इकोनॉमिकल जो है वो भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है व्यक्ति दूसरों को बहुत प्रवचन देने वाला बहुत नॉलेज देने वाला आ, हो तो बहुत ज़्यादा सफल होता है यहाँ इन दोनों ग्रहों की अगर हालत मंदी आ, देखनी है तो यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जुपिटर और मरकरी दोनों इस घर में होने से जा के पिता को अगर इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है या पिता का सोने गुम होने का निशानियाँ आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मरकरी को मतलब यहाँ पर से हमें उसका उपाय करना पड़ेगा और मरकरी जो है सातवें और छठे घर में अच्छा साबित होता है तो उसको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा लेकिन अगर दूसरे घर में जुपिटर के साथ सेटन बैठा है जुपिटर के आज हम जो दूसरे घर की बात कर रहे हैं और सेकेंड घर में अगर जुपिटर के साथ हमारा हाउस uh, में शनि बैठा है तो शनि ऐसी अवस्था में हमें क्या uh, फल देगा उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं uh, समझो हमारा सेटन बैठा है जुपिटर के साथ सेकंड हाउस में अब सेकंड हाउस में अगर बैठा है तो हमें क्या करना है दोनों ही शुभ नहीं होंगे यदि कोई उसका अंग यानी कि उस नेटिव की कुंडली जिसमें जुपिटर और सेटन दोनों दो घर में बैठे हैं और उसको निशानियां मिल रही हैं कि गवर्नमेंट से कमाया हुआ धन या उसके शरीर का कोई अंग दोनों में से कोई चीज बर्बाद होने का डर उसको बना ही रहेगा और अगर ये दोनों शुभ स्थिति है तो शुभ स्थिति में न हो तो इंसान को बीमारी का कारक भी ये बन जाते हैं और ये दोनों ही प्लेनेट आपके ईयरली जो चार्ट बनेगा उसमें आप देख लें कि नौवें साल में आपके इक्कीसवें साल में आपके थर्टी थ्री ईयर्स में फोर्टी वन ईयर्स में फिफ्टी सेवन ईयर्स में आपको जो है अगर ये घूमते घुमाते ईयरली चार्ट में दोनों के दोनों प्लानट अगर सेकेंड घर में आ जाए यानी आपको पता लग जाएगा उसके संबंधित चीज़ों से यानी पीतल सोना व्यक्ति को अपनी जो हेल्थ है या पिता की उम्र पर वो असर यानी सोना गुम हो जाएगा या आपकी फादर की हेल्थ ख़राब हो जाएगी या आपकी खुद की हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो उससे आपको पता लग जाएगा इस असर की यही एक निशानी होगी कि शनि की चीज़ों से प्रकट हो जाएगी शनि का उपाय ही इसमें एक हेल्प कर सकता है यानी आप नंगे पाँव मंदिर जो आपके घर के आसपास मंदिर हो उसमें आप नंगे पाँव मंदिर पर जाएँ फोर्टी डेज और अपने घर में कोई पानी का जो मिट्टी का पानी है उस घड़े को आप स्थापित करें 43 डेज के लिए उस घड़े का पानी खत्म नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए ऐसे ही अगर आपके सेकंड घर में जो हम पढ़ रहे हैं आज जुपिटर के बारे में सेकंड घर में अगर आपका आ, आया हुआ जो जुपिटर के साथ अगर सेकंड घर में आपका राहु आ गया यानी जुपिटर और राहू दोनों ही सेकेंड घर में बैठ गए तो यहाँ राहू होने से राहु जो है गुरु का गुलाम होगा यानी उसके अधीन होगा वह बृहस्पति का पक्का घर है यदि यहाँ बैठा जुपिटर राहु का जो नेटिव है जिसकी कुंडली है अगर वो गरीब भी है तब भी वो आ, मतलब बहुत ज़्यादा साधु स्वभाव का होगा गरीबों की विशेष तौर पर वो बहुत हेल्प करेगा ऐसी हालत में अगर आठवें घर में बृहस्पति का कोई दुश्मन गृह आ जाए ईयरली चार्ट में आ जाए या वैसे ही आपके कोई दुश्मन बैठा हो जो जुपिटर से दुश्मन ग्रह में हम काउंट करते हैं जैसे कि बुध आ जाए शुक्र आ जाए या कोई और मंदा ग्रह आ जाए तो आपकी फीमेल जो चाइल्ड है उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा और आपको पता लग जाएगा कि वो असर सही नहीं हो रहा है तो उसका उपाय करने के लिए कोई जो विशेषज्ञ है लाल किताब का उससे आप कॉन्टेक्ट करें अगर आपके सेकंड हाउस में जुपिटर के साथ केतु बैठा केतु को तो जुपिटर का वैसे भी चेला कहा जाता है तो आपको कोई भी बुरा फल नहीं मिलेगा केतु बृहस्पति के स्वभाव का हो जाएगा लेकिन बस आठवां घर हमारा खाली हो या बृहस्पति का कोई फ्रेंड यानी दोस्त प्लेनेट उसमें हो तो व्यक्ति दूसरों से हमदर्दी भी करेगा उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी होगी यदि आठवें घर में जुपिटर का कोई एनेमे प्लैनेट बैठा हो तो फिर व्यक्ति जो है जो उसकी डेस्टनी है उसका बहुत ज़्यादा उसको साथ नहीं मिलने वाला है यानी वो मंद भागा होगा और उसके कोई इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं रहेगी तो लाल किताब में कुछ यही होता है कि कुछ कंडीशंस और कुछ उसको हमें अप्लाई करके देखना पड़ता है कि जो बृहस्पति हैं उसकी जो घर हैं दो दूसरा है पाँचवा हैं तो हमें ये हाउस भी चेक करने पड़ते हैं क्योंकि आठवां घर जो है वो वक्री दृष्टि से हमें ये पता है लाल किताब में कि आठवां घर जो है वो सेकंड घर को देखता है और दूसरा घर जो है वो छठे घर को देखता है और छठा और आठवां मिले मिलाए होते हैं तो सेकंड घर में अगर जुपिटर आ गया है तो उसके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है और छठे में कौन है आठवें में कौन है इस कंडीशन को में देखना पड़ता है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेकंड घर का जुपिटर की सारी जो ये बातें हैं समझ में आई होंगी और ये दिए गए कुछ लिंक हैं आपको स्क्रीन पर आप प्लीज़ इन सब को ज्वाइन करें ताकि और ज़्यादा इसमें मैं बीच बीच में अपने पीडीएफ वगैरह और अपनी जो स्टडी मटेरियल है वो पोस्ट करती रहती हूँ अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप ये सब ग्रुप ज्वाइन करें आप इस वीडियो को पोज करके इन सभी लिंक को नोटिस कर सकते हैं और इनको ज्वाइन कर सकते हैं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करें और नीचे साइड में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको तुरंत हल किया जाएगा और साथियों आपका साथियों ही मिलता रहे तो ये कार्रवाई ही बनता रहेगा और मुझे आपकी हौसला अफजाई आप की बहुत ज़रूरत है थैंक यू आप अपना ध्यान रखें स्वस्थ रहें मस्त रहें इसी के साथ ये आपकी हयात आपसे बिता लेती है